हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है हिंदू धर्म में दीपावली को बड़ा ही महत्व देते हैं और दीपावली में दिए जलाने का बहुत महत्व है दीपक जलाया जाता है आपने अभी तक दीपक जलाना तेल से देखा होगा आज हम आपको दिखाएंगे कि दीपक वाकई में पानी से भी जलाया जा सकता है और कैसे जलाया जा सकता है हमारे हम इस समय मौजूद हैं एम नगर के महावीर इलेक्ट्रिकल्स में जहाँ रोहित जैन जो महावीर इलेक्ट्रिकल्स के ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एक दीपक जलेगा पानी से सर uh, एक टेक्निकल टेक्नी आई है जिसमें बताया जाता है कि जो दीपक जलता है वो पानी से जलाते हैं इसमें क्या होता है आप जरा बताएंगे? हाँ बैटरी ऑपरेटेड है और सेंसर दिया है ये सेंसर से चलता है उसमें कंटिनिटी आती है और दिया ऑन हो जाता है इसको करके दिखाएंगे थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिए रखे हुए हैं और ये पहला दिया है जो पानी डालने के साथ ही जल गया है इसकी टेक्निक भी जानेंगे हम किस तरह जलता है क्यों जलता है इसमें क्या क्या टेक्निक यूज की गई है ये आप तौर तो पे देख सकते हैं कि कैसे पानी डालने के बाद ये दिया जल उठा है समानता ये नई चीज मानी जा रही क्योंकि अभी तक हमने तेल डालकर दिया जलते देखा था आज हम पहली बार पानी जैसे दीपक में डालते हैं तो दिया जल रहा है इसमें क्या होता है आप जरा बताइएगा जैसे तो पानी डालने सेल के बीच में शॉर्ट सर्किट होता है और इससे दिया जल जाता है और कंटिन्यू मेड इन इंडिया है ये सबसे बड़ी चीज़ ये अपना भारत का बना हुआ है कोई चाइना का सामान नहीं अक्सर देखा गया है चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार होता है अपना ये जो दिया है पानी से जलने वाला मेड इन इंडिया है इस बारे में मेड इन इंडिया दिया है ये और कंटिनी से चलता है बैटरी ऑपरेटेड है और सबसे बड़ी चीज़ की बगैर तेल से चलने वाला दिया है ये भारत के कारगिरों ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जिसका मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने इंडिया का आइटम बढ़ती महंगाई के बीच तेल भी महंगा हो गया है पानी फिर भी सस्ता है को देखते हुए टेक्नोलॉजी। आम जनता भी दिया जला सकती है अभी तो जिसके पास पैसा था वही तेल डाल पा रहा था दिए में लेकिन अब पानी से भी दिया है। अच्छा इसमें सेल्स आपने बताया सेल यूज होता है शॉर्ट सर्किट होने से ही दिया चलता है तो ये सेल कब कितने घंटे तक चलेगा ऐसे पानी डालने पानी डालने से दिया अगर आप कंटिन्यू से चलाओगे तो दस से बारह घंटे कंटिन्यू चलेगा कंटिन्यू आप इसको से घंटे उसको चला सकते हैं पानी में के दिन पूरी रात ये दिया जल सकता है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा पूरी रात चल सकता है और इसमें क्या विशेषता है जैसे पानी की एक तो तेल की बड़ी चीज़ है ये फाइबर में है कोई करंट का डर नहीं है बच्चा भी इसको हाथ में ले तो उसको कोई करेंट का डर नहीं तो है कोई भी पानी डाले उसमें कैसे भी करो आप उसको कैसे भी यूज करो कोई करेंट का न जलने की चिंता न करंट की चिंता और दीपावली में देखा गया जनरली जो झालर वगैरह लगती हैं तो उसको प्लग में लगाना पड़ता है और करेंट होता है उससे ये निजात मिलेगी हाँ उससे निजात मिलेगी और सबसे बड़ी चीज़ कोई धुआँ नहीं कुछ भी नहीं मिट्टी नहीं कहीं मिट प्लास्टिक का दिया है और सब मैं तो इसलिए इसको बेचना चाह रहा हूँ कि ये अपने इंडिया का बना हुआ पहले चाइनीज़ आता था अब इंडिया आ रहा है दोनों तो इस माल बहुत प्रमोट कर रहे हैं ये मल्टीपर्पज है प्रदूषण से भी बचाएगी प्रदूषण से भी बचा और क्या विशेषता इसमें जैसे सिर खत्म हुआ मान लीजिए सपोज़ कि सिर खत्म हुआ तो अपन को फिर से चलाने ये दिया तो कैसे जलेगा? सेल मिल जाते हैं दो से तीन रुपए उसके सेल की कीमत है और आराम से अवेलेबिलिटी है बाजार में सेल की घड़ी वाले सेल हैं आप सेल चेंज करो फिर चीज़ चलो दीपावली के अलावा भी इन दियो का यूज किया जा सकता है अभी गरबा में बहुत लोगों ने यूज़ किया मुझसे बहुत दिए लिए गरबे में लोग ले लेके गए दिया हाथ में रखे पूजा अर्चना में भी यूज़ किया हुआ अच्छा एक चीज़ और जाननी थी इसमें की जो साइज है ये दीपक का जो साइज है यही साइज में आता है कि बड़ा छोटा और यहाँ इसे एक ही साइज में अवेलेबल दिए का साइज छोटा ही होता है तो उसी साइज में पर दिख रहा है जो हमें जलता हुआ का एक है कि किया जा सकते है, किसी भी चीज का इनोवेशन किया जा सकता है, है। प्रदूषण नहीं होता है इसके साथ ही इसमें तेल की बचत होगी जो कि की जो महंगाई बढ़ी हुई है तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं उससे भी निजात मिलेगी दिए का तेल के साथ दिया जलता हमने आज तक देखा है लेकिन ये पहली बार है जब पानी के साथ दिया जल रहा है अब देखना यह होगा दीपावली में इस पानी के दिए को कितना यूज़ किया जाता है और प्रदूषण से और महंगाई से कितनी आसानी से मुक्ति मिलती है क्या मैं के साथ प्रत्यम शर्मा कतल योग